गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया और कैलाश विजयवर्गीय पर कहा कि सिंधिया और विजयवर्गीय दोनों ही पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और बीजेपी एक परिवार की तरह है सभी आपस में मिलते रहते हैं मिश्रा ने कांग्रेस की यात्रा पर कहा कांग्रेस पहले अपने पार्टी के लोगों को जोड़कर रख ले सोनिया जी विदेश की ही है सोमवार को इंदौर में हुई केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की मुलाकात काफी चर्चा में है जिस गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विपक्ष के बयानों को बेबुनियाद बताया और दोनों को हमारे बड़े नेता कहकर संबोधित किया और कहा कि भाजपा एक परिवार है और सभी आपस में मिलते रहते हैं उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसा और कहा कि कांग्रेस पहले कांग्रेसियों को ही जोड़ ले दोनों बड़े नेता है हमारे मानी विजयवर्गीय जी भी मानी सिंधिया जी भी और परस्पर मिलते रहते हैं भारतीय जनता पार्टी है सभी परिवार की तरह चलते मिलना भी चाहिए अपनी पार्टी का तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना ले तीन साल में नहीं बना पाई हमारी तरफ देखते हैं इसलिए कांग्रेस जोड़ो यात्रा चलाए तो ज्यादा फायदा रहेगा वहाँ गृह मंत्री और इंदौर जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इंदौर के जाल सभा गृह में स्वास्थ्य समिति द्वारा आयोजित कायाकल्प और लक्ष्य कार्यक्रमों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया और इंदौर में ऐप लोन से लिए गए कर्ज के कारण एक परिवार की आत्महत्या के मामले पर उन्होंने कहा कि मामला मार्मिक है मैंने पुलिस कमिश्नर को घटना की पहलुओं की जांच के निर्देश दिए हैं साइबर सेल भी इस ऐप की तकनीकी पहलुओं तक जाएगा बहुत दुखद घटना है, है मैंने इंदौर पुलिस कमिश्नर को इस बारे में निर्देशित किया इस घटना के विस्तार में और बारूक पहलुओं पर जाएं। जहां तक आपका दूसरा सवाल है इस ऐप लोन की समीक्षा होना मैं आवश्यक मानता हूं मैं भोपाल जाकर अपनी साइबर शाखा को इस बारे में निश्चित रूप से कहूंगा कि ये ऐप लोन क्या है और इसकी प्रक्रिया और तरीके क्या हैं? अगर कोई आपत्तिजनक तरीका हुआ तो गंभीरता से हम विचार करें वॉट स्टार्ट चेंज इज वर्ल्ड ऑफ ऑपरचुनिज वर्ल्डिंग डिलीवरिंग सेवन डबल फोर जीरो